पन्ना टाइगर रिजर्व की सबसे सुंदर बाघिन पी एक सौ इक्यावन अपने चार शावकों के साथ पर्यटकों को नजर आई पन्ना टाइगर रिजर्व में घूमते वक्त पर्यटकों को एक ही रहती है कि उन्हें टाइगर मिल जाए ऐसे ही सुबह की सैर पर निकले पर्यटकों को बाघिन पी एक सौ इक्यावन अपने चार शावकों के साथ नजर आई जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे पार्क भ्रमण कर रहे पर्यटकों ने बिल्कुल निकट से इस बाघिन के शावकों को उसके साथ चहलकदमी करते हुए देखा और वीडियो भी बनाया पन्ना टाइगर रिजर्व की सबसे सुंदर बाघिन पी ने अपने तीसरे लिटर में अपने शावकों को जन्म दिया है आज चार शावक अपनी मां के साथ जंगल में चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए क्षेत्र के राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित पन्ना टाइगर रिजर्व के गार्ड मनोज ने बताया की बाघिन पी एक जिसे हम प्यार से मंचली कहते हैं आज गुरुवार को सुबह अपने चार शावकों के साथ घूमती नजर आई